मेरे सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है दिस इज लक्ष्मी प्रसाद दास कैराटूडो इंस्ट्रक्टर फिटनेस इंस्ट्रक्टर नेशनल जज और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ सुंदरबन कैराटूडो एकेडमी आज की वीडियो में हम जानेंगे जापानीज 20 काउंट तो चलिए शुरू करते हैं इची नी सान सी गो रुकु सची हच को जो जोइची, जोनी जोसन जोशी जोगो जोरुकु, जोसिची जोहाची जो क्यू नीजो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना